पेपर नंबर फाइव जैसा कि लोग ब्लैकबोर्ड पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा दिख रहा, दिख रहा सर पेपर नंबर और डिप्लोमा आईडी खोजना पेपर नंबर बोर्ड यूनिट टू पॉइंट टू ठीक है सब है। लोग लाइव क्लास से चुर जाएं ये दो लोग लाइव क्लास से अभी लाइक कोई नहीं किया कमेंट

कर रहे हैं लोग लाइक नहीं आ रही हैं सो नहीं हो रहा कितने लोग देख रहे हो 40 सेकंड हो चुके चुकी है इसमें पहला जो है अच्छा एक आ गया पहला होम होम बेस बेस क्या होता है? है घर पर आधारित फटाफट लिखो घर पर आधारित इसके लिए

ना mm -hmm.

ऐसे था उसको ही ऐसा ना? ने काम किया और सब लोग एक सामने बैठ जाओ ना मान लो हम कैमरे पैक करते हैं तो सबको दिखोगे नहीं बच्चे दिख रहे बता इतने सारे बच्चे बहुत है सीधा बैठो ना ऐसे कैसे कुर्सी व्यवस्थित है उसको सही करो

में हो गया घर पर आधारित थे हो गया मुख्यतः ग्रामीण परिवारों

हैं। आगे लिखिए उन्हें पेशे होने की आवश्यकता नहीं है उन्हें होने की आवश्यकता नहीं है। कहते छुपा आगे लिख रही है छोटे बच्चे बिहेव कर रही हूँ

हो गया वास्तव में आगे लिखिए वास्तव में दस सप्ताह की अवधि से प्रारंभिक हस्तक्षेप में गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं

लास्ट लाइन लिखो इसमें नीचे इस तरह बच्चे की प्रगति की लगातार निगरानी की जा सकती है इस प्रकार बच्चे की बच्चे की प्रगति का

लगातार निगरानी की जा सकती है बेस बेस बेस मतलब क्या चीज़ है? आधारित पाठ्यक्रम या पढ़ाने का तरीका जी हमने लिखवाया भी था लास्ट टाइम में लिखवाया

तो तुमने अरे उसको उसमें पढ़ा था ये नहीं लिखना होगा सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन किया है टू पॉइंट वर्डल्स ऑफ कैरिकुलटिंग एजुकेशनल सेटिंग एजुकेशनल सेटिंग का मतलब हुआ शैक्षणिक व्यवस्था या कार्यक्रम संचालित करने की जो स्थिति है।, है ये सारी चीज़ें उसमें आप कैसे संचालित कर रहे हो या कैसे हो रहा है अभी तक शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए

वो किस किस तरह से बच्चों को दिया जा रहा है ठीक है ना इसमें पहला था होम बेस्ड, दूसरा है सेंटर बेस्ड, सेंटर बेस्ड में लिखिए आप लोग केंद्र आधारित प्रारंभिक हस्ताक्षेप के केंद्र आधारित प्रारंभिक हस्ताक्षेप आमतौर पर बच्चों के बच्चों

के अस्पताल कॉमा अस्पतालिक या प्रारंभिक पर हस्तक्षेपर नहीं बोला नहीं। बोला आमतौर पर, आम पर, आम पर बच्चों के

आमतौर पर बच्चों के अस्पताल अस्पताल कौमा क्लिनिक या क्लिनिक या बच्चों के लिए केंद्र या विकलांग बच्चों के पुनर्वास केंद्र में किया जाता है नहीं समझ में आया न क्लिनिक या बच्चों के लिए

या बच्चों के लिए केंद्र या विकलांग बच्चों के पुनर्वास केंद्र में किया जाता है ठीक है अगला लिखिए मल्टी डिस डिसिप्लिनरी कैरिकुलम मॉडल

लिखा हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल ठीक है अब इसके बारे में लिखिए इसकी होगी विषय मॉडल यानी बहुत सारे का एक ठीक है जी आ गया गया आ

आ गया हो गया मॉडल बहु विषय पाठ्यक्रम एक विषय का एक से अधिक विषयों को क्या लिखा बहु बहुविषेक पाठ्यक्रम एक

एक, का एक से अधिक विषय का एक से अधिक। एक से अधिक अधिक विषयों के दृष्टिकोण के अध्ययन विषयों के दृष्टिकोण से अध्ययन करना और एक अलग अनुसंसा अनु अन्शा... अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक

अध्ययन करना और एक अलग अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके हो गया एक अलग अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके एक समस्या को हल करना एक समस्या को

करना है है है कि कि तो इसमें के पढ़ाया पढ़ाया आपको कोशिश किया गया बच्चों तो को तरह से जा सकता है। है ना अब आगे आप लोग पढ़िए एक बार कमेंट कर दो कौन कौन वीडियो देख रहा है। अगला लिखिए एक प्रभावी बहुविषेक एकीकरण पाठ्यक्रम के लक्षण एक प्रभावी

एक त्रमादी, एक त्रमादी है प्रभावी प्रभावी एक बहु विषय एकीकृत

लिखिए शैक्षणिक और तकनीकी शैक्षणिक और तकनीकी एक प्रभावी और एकीकृत पाठ्यक्रम के लक्षण इसके क्या क्या लक्षण होना चाहिए यानी कि आप जैसे मल्टी पढ़ा है ना मल्टी डिसिप्लिनरी कैरिकुल पढ़ाया ना गाँव

यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट का अगर हमें पढ़ाना होगा तो क्या क्या तरीका होना चाहिए नहीं कि बहुत सारे साथ नहीं पढ़ाते ना कोई रूल रेगुलेशन होता है।, रहते है ऐसा नहीं है ना इसमें लिखिए शैक्षणिक और तकनीकी कठोरता कठोरता पाठचर्या आगे लिखते जाइए इसमें पार्टचर्या

इकाइयों को जिले द्वारा पहचान किए गए इकाइयों को जिले द्वारा पहचान किए गए प्रमुख शिक्षण मानकों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्या हुआ इतना स्लो बोलने के बाद उनको तो लिखा नहीं जा रहा फिर पेपर में कोई मानो चीटिंग करने का मौका मिलेगा फिर तो क्या करोगे

तो, गए, तो, तो, तो तो क्या क्या क्या नहीं नहीं सर ऐसा ऐसा कुछ बोलेगा वो वैसे होगा पर अगर लग गया करोगे तुम लोग पढ़े हो पहला लिखिए हुआ संबोधित करने संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है इसमें पहला है प्रमाणिका

कुछ लोगों को इसकी कोना पड़ेगा द्वारा बोलेंगे नहीं एक बार बोलेंगे द्वारा बोलेंगे अब अब तक तो सीख लिए पहले तो ये सी लैंग्वेज की समस्या होती है कि आप लैंग्वेज ऐसा कुछ में चल सकते हैं बाय स्क्वायर मार दिखता ठीक है गुड वन तरह मारिक नहीं है मारिकता हां यानी कि अथॉरिटी सिटी

गया। केस में का क्या होता है? अभी को आप तो है? हाँ मतलब उसको जांच पड़ताल करके उसके बारे में सही रिपोर्ट प्रमाण

प्रमाण देना किसी को आप लोग जो है पढ़ाई करते क्या मिलता, आपको? रियर्ण मिलता। रियर्ण क्या है आपको रिजल्ट मिलता है रिजल्ट के बाद ये कोई मानेगा जब तक आपके करके, करके करके छोटा सा क्या है वो ब्लैक <laughs> बोर्ड है क्या ऊपर ऊपर देखो लाइब्रेरी लगा लेना लाइब्रेरी में मान लो अपने

है है तो तो है इसमें इकाइयों वास्तविक दुनिया के संदर्भ में इकाइयों वास्तविक दुनिया वास्तविक दुनिया के संदर्भ ब्रेकट में

जैसे समुदाय और कार्यस्थल की समस्याओं का उपयोग करती हैं, जैसे समुदाय और कार्यस्थल की समस्याओं जैसे के बाद प्रेकट लगा लगाएगा

समस्याओं हो गया का का उपयोग उपयोग करती करती है, करती है, और छात्रों के लिए और छात्रों के लिए ब्लैक तो बोर्ड नहीं है नया तो नहीं है

पहले तुम चौक से लिखते थे सोचो प्रमोशन हो गया <laughs> क्या लिखा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों का महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करती है महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करती है हो गया अब अगला लिखिए अप्लाइड लर्निंग

दूसरा है अप्लाइड्लाइड लाइटी कितनी क्या होगी सीखने के लिए लागू करना या लागू करना लागू करना किसके लिए

सीखने के लिए लागू करना लिखो इसमें सीखने के लिए लागू करना अप्लाई और यहाँ पे आपको

तो सर्टेन ठीक है? सीखने के लिए लागू करना। क्या लागू करना उसके बारे आप है, है? में लिखवाते हैं, ठीक है? लिखिए इसमें इकाइयों छात्रों को उन समस्याओं को हल करने के लिए हल करने में संलग्न

करती है क्या लिखा

आगे इकाइयों छात्रों को उन समस्याओं को हल करने के लिए हल करने में संलग्न करती जो जो उच्च प्रदर्शन, जो उच्च प्रदर्शन, प्रदर्शन कार्य संगठनों जैसे उच्च संगठनों, प्रदर्शन कार्य संगठन एक मिनट एक मिनट

जो उच्च प्रदर्शन पहले बोला था ना प्रदर्शन जैसे हाँ, सही तो लिखा नहीं जैसे, तो जैसे टीम अरे मुझे लगा बोला नहीं था। जैसे टीम टी, टीम वर्क वर्क वर्क अरे वो कुछ बोल रहा था

समस्या समाधान संचार, बंद, संचार, बंद, कौमसंचारेकटबंद्रेक में अपेक्षित क्षमताओं के लिए कहते हैं मे अपेक्षित दक्षताओं या क्षमताओं अरे एबिलिटी का मतलब क्या होता है दक्षता या क्षमता

के लिए कहते हैं हो गया नेक्स्ट लिखिए सक्रिय अन्वेषण इसका मतलब क्या होता है

ग्लोरेशन। एक्स। ग्लोरेशन। लिख लिया। है सक्रिय हो गया इसमें लिखिए बोलो इकाइया कोमा क्षेत्र आधारित जांच और समुदाय अन्वेषण से भागीदारी के क्या लिखा

दिकाई दिकाई इंट्रेंसीप, इंट्रेंसीप, इंटर्न होता है क्या? इंटर्न, इंटर्न, इंटर्न, न, ना के ऊपर आधार नाम के ऊपर आधार इं, आ रहा है कॉमा, क्षेत्र आधारित जांच क्षेत्र आधारित जांच

और सामुदायिक अन्वेषण से जुड़कर कक्षा से आगे चलती हैं। कक्षा से आगे चलती है

नेक्स्ट एडियो लिखिए वायरस के कनेक्शन पॉइंट नंबर फोर

वैसे ना एडल्ट एडल्ट और... तो क्या तो नहीं? ना तार्टु। तार्टु। तार्ट। ना तार्टु। तार्टु। आप लोगों को जब एग्जाम में लिखोगे तो अपने आप से लिखना होता है

या फिर ऐसा भी कर जैसा बैठे वैसे बैठाइए चलो आगे लिखिए छात्रों को समुदाय में छात्रों को समुदाय में उद्योग और

उच्च माध्यमिक भागीदारी उच्च माध्यमिक भागीदारी के वस्क सलाहकारों और क्या लिखा सलाहकारों

और प्रशिक्षकों से जोड़ती हैं आगे के आकलन अभ्यास

इसमें क्या आगे आगे। नियमित प्रदर्शन नियमित प्रदर्शन, हाँ, आधारित, आधारित प्रदर्शनियों और उनके काम के आकलन में प्रदर्शनकारियों

प्रदर्शनियों और और और उनके उनके काम काम के काम के आकलन में छात्रों को शामिल करती है। यह मुल्यांकन, यह मूल्यांकन मूल्यांकन मूल्यांकन व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्कूल

स्कूल और स्कूल और वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन के मानकों को दर्शाते हैं वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन के मानकों को दर्शाते हैं अब अगला लिखिए एक और पॉइंट आज

कि पॉइंट हो गया लिख नेक्स्टी लिखिए पाठ्य चर्या विकास में औद्योगिक की भूमिका औद्योगिक मतलब टेक्नोलॉजी से बात की गई ना टेक्नोलॉजी की पाठचर्या विकास लिखो ये पाठच चर्या

विकास में विकास में और, दो और दो की एक औद्योगिक नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल एरिया की होती है ना जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो है तकनीकी या प्रौद्योगिकी होती है

that

बोलो, देखिए वर्तमान वर्तमान पर में परिदृश्य जब पाठ्य पुस्तकों को जब पाठ्य पुस्तकों को

ठ्य पुस्तकों को लैपटॉप या टैबलेट द्वारा लैपटॉप या टैबलेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा, जा सकता है प्रतिस्थापित किया जा सकता है आगे लिखिए

आज की तकनीकी आज की तकनीकी डिजिटल लर्निंग डिजिटल लर्निंग सीखने पर सीखने का पसंदीदा तरीका है

डिजाइनरों डिजाइनरों और छात्रों डिजाइनरों, डिजाइनरों और शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के लिए

लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यन बनाने

तो की। तो, नहीं। तो ये को भी ध्यान में रखना चाहिए हो गया चुके उद्देश्य

छात्रों को व्यापक व्यापक ज्ञान ज्ञान और और विभिन्न विभिन्न प्रकार प्रकार के के शिक्षण सामग्री तक

शिक्षण सामग्री तक पहुंचने का लक्ष्य है कुछ बदलाव कुछ बदलाव जो

संस्थान तकनीकी तकनीकी टेक्निकल टेक्नोलॉजी से जो पढ़ा जाता है इस तरह से है तकनीकी प्रेमी छात्रों को

विकसित करने के करने के लिए विकसित करने के लिए शामिल कर सकते हैं वे हैं पॉइंट नंबर वे हैं क्या है वो उसके नाम लिख रहे हैं आप लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दें पहला दूसरा तीसरा चौथाए ठीक है पहले पॉइंट में लिखिए

क्या शामिल कर सकते हैं इसमें ई लर्निंग सामग्री जैसे ई लाइब्रेरी होती है ना आज की में आज कल तक चल रही है? है या नहीं है डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। जो हम लिखवा रहे हैं ये सब विकसित हो चुकी हैं। पर क्या विकसित हुई है इसके बारे में अगर आप लोग अपने लिख लो तो आपको याद रहेगा पहला है ई लर्निंग सामग्री का विकास और प्रदर्शन करना ई लर्निंग

सामग्री का विकास करना सामग्री का विकास और क्या लिखा बताओ पहले मुझे हो गया का और हो दूसरा लिखो सीखने के लिए सीखने के लिए वीडियो और और ऑडियो पुस्तकें विकसित करना

वीडियो और ऑडियो पुस्तकें विकसित करना हो गया क्लिप आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट क्लिप सीखने के लिए हाँ क्लिप सीखने के लिए ऑनलाइन व्याख्यान ऑनलाइन व्याख्यान और इंटरैक्टिव

और इंटरैक्टिव पाठों का समावेश करना इंटरैक्टिव नहीं कि तो एक्टिव नहीं है जो एक्टिव है पाठ्यक्रम एक्टिव उसको भी एक्टिवेट करने के लिए ये कह रहे हैं, ठीक है? पाठों का समावेश करना नेक्स्ट पॉइंट सीखने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया को

आकर्षण बनाने के लिए सीखने की प्रक्रिया को आकर्षण बनाने के लिए अनुकरण और सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन की हिंदी क्या होती है सर सरलीकरण होता है ना सिंप्लीफिकेशन की हिंदी सरलीकरण होता है ना सरली

करण का लाभ उठाना हो गया नेक्स्ट पॉइंट समझ बेहतर समझ के लिए शिक्षा, सॉफ्टवेयर का उपयोग हो गया नेक्स्ट पॉइंट बेहतर

सहयोग के लिए पाठ्यक्रम प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग बेहतर सहयोग के लिए पाठ्यक्रम प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग नेक्स्ट पॉइंट

पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रमों को कहीं से भी कहीं से भी सुलभ बनाने के लिए सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन सहयोग और ऑनलाइन सहयोग और प्रसारण उपकरणों का

क्रिया करना, क्रिया यानि करना करना। कोऑर्डिनेशन अपॉइंट कंप्लीट हो गए नीचे से थोड़ा सा लिख लो हो गया है। लास्ट यूनिट कंप्लीट हो रही है लिखिए

सक्रिय सीखने की इस अवधारणा को सक्रिय रूप से या सक्रिय सीखने से सीखने से इस अवधारणा को इस अवधारणा को सुविधाजनक बनाने के लिए

सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक ऑनलाइन व्याख्यान और ऑनलाइन व्याख्यान और इंटरेक्टिव पाठ तैयार करते हैं जिसे इंटरैक्टिव

तैयार करते हैं जिसे छात्र कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ये आपका जो यूनिट टू पॉइंट वन था वो कंप्लीट हो चुका है यूनिट टू पॉइंट को शुरू करो

हम तो इतना तो इतना इतना लिख के पूरा का वो कंप्लीट करना है रह रहा है चलो आज की क्लास ओवर होती है यूनिट टू पॉइंट हो चुका है पेपर नंबर फाइव यूनिट टू पॉइंट वन कम्पलीट हो चुके हैं जो आईडी वाले बच्चे हैं एक बार कमेंट करते फटाफट

आईडी वाले सारे बच्चे जो एक बार कमेंट करते हैं कौन कौन सा लाइव क्लास देख रहा है और आगे क्लास शायद कल होगी इसको जो तो समझ नहीं आया वो चैट बॉक्स में चैट करके